पे जो पीछे है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला हो है यहाँ पे देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है यहाँ पे बोरिंग सा कुछ भी फील नहीं हो रहा यहां पे। यहां पे है यहाँ पे यहाँ पे देखिए हमारे कुछ भाई लोग यहाँ पे मिले हुए हैं और बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है बोल रहे हैं की मेहनत करो सक्सेस जरूर हो तो हेलो भाई स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में और दोस्तों आज का ब्लॉग जो खुशीनगर में होने वाला है ये खुशीनगर जो विश्व प्रसिद्ध है यहाँ पे जो बुद्ध भगवान की समाधि है यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और आज पूरा का पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं कुशीनगर में जो भी कुछ है आपको सारा का सारा दिखाने वाले हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए यहाँ पे एंट्री लेने में मार्क्स यहाँ पे लेना पड़ता है तभी आप अंदर एंट्री कर सकते हैं तो चलिए अभी जूता भी निकालना होगा वो तो अभी देखिए बाहर से कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है बहुत ही शानदार देखने में लग रहा है और चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं कि किस तरीके से है तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और अभी यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं घूमने के लिए और फिलहाल हम लोगों ने मास्क लगा लिया है और अंदर एंट्री कर रहे हैं तो पहले आपको एक बार बाहर से लुक दिखा दूँ कि किस तरीके से लुक है यहाँ पर और कैसे कैसे यहाँ पे एकदम बिल्कुल चाइनीज़ की तरह बनाया गया है इसे बिल्कुल भी एकदम और पीले कलर का यहाँ पे पेंटिंग और बहुत ही शानदार देखने में लग रहा है Golden. तो पहले मैं आपको मतलब बाहर से दिखा दूँ कि किस तरीके से यहाँ पर पीछे देख सकते हैं गोल्डन कलर का सारा का सारा जो यहाँ पर दीवार है पेंट किया गया है और बिल्कुल भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर मतलब कि एक एक चीज डिजाइन की गई है तो पहले आपको मैं पीछे वाले कैमरे से पूरा दिखा दूँ उसके बाद अंदर लेके चलूंगा दिखाऊंगा और गाई ये देखो हमारे साथ हैं मनजीत साथ में आया हुआ है और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और अंदर बुद्ध भगवान की जो मूर्ति है प्रतिमा है बहुत ही शानदार है तो यहाँ पे अंदर मैं आपको दिखा दूँ और गाई से यहाँ पे एक बहुत बड़ा ढोलक है आपको दिखा दूँ मैं बहुत बड़ा है देखने में साइज बहुत बड़ा है यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज़्यादा बड़ा ढोलक है मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे देख सकते हैं और अंदर बस इतना ही है अब चलिए कहीं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे वो भगवान की मूर्ति और उसके बाद अभी ऊपर भी जाना है उसके बाद अभी बहुत सा घूमने के लिए है तो चलिए अब चलते हैं ऊपर और मंजीत भाई यहाँ पे देखो फ़ोटो वोटो तो खींच रहा है मंजीत और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ऊपर तो अभी ऊपर का क्या सीन है आपको दिखाते हैं हम लोग और भाई साहब यहाँ पे ऊपर हम लोग आ गए हैं और यहाँ से मस्त व्यू दिखाई दे रहा है अभी आपको दिखाते हैं पीछे वाले कैमरे से और धूप लग रही है तो चेहरा हल्का सा मतलब डिफरेंट आ रहा है तो अभी आपको पीछे वाले कैमरे से दिखाते हैं ऊपर का भी पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक मूर्ति यहाँ पे है और अंदर जो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे बुद्ध भगवान की तीन मूर्ति है यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं तीन मूर्ति है और यहाँ जो भी पेंटिंग है गोल्डन कलर से बहुत ही शानदार दिखने में लग रहा है अब चलिए आगे चलते हैं मंजीत और गाइस से यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है सच में आपको बता दें भीड़ बहुत ज़्यादा है और मतलब यहाँ पे आप लोग घूमने आते हैं तो बहुत औसम मतलब बहुत मस्त सी जगह है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे मतलब जो भी है नेचुरल सी चीज़ें हैं और बिल्कुल भी मतलब बोरिंग सा कुछ भी फील नहीं हो रहा है यहाँ पर और अभी घूमने के लिए बहुत कुछ है अभी तो गेट नंबर हम लोग एक जीरो गेट नंबर एक आए हुए हैं अभी इसी तरीके से तीन गेट हैं तो अभी चलेंगे यहाँ पे पार्क भी है यहाँ देख सकते हैं पीछे पार्क है धूप है इसीलिए अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पीछे बहुत ही नेचुरल सा पार्क है तरह तरह के फूल पत्ती लगाई गई है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए इसका लुक सारा का सारा गोल्डन कलर और यहाँ पे मैं पहले भी दो चक दो या तीन बार आ चुका हूँ लेकिन ये वाला गेट फाइनली खुला खुला नहीं रहता है हम लोग फर्स्ट जनवरी को आए हुए थे यहाँ पे दो या तीन बार तो उस दिन गेट खुला नहीं रहता है लेकिन आज फाइनली खुला हुआ है तो हम भी यहाँ पे घूम लिए और यहाँ पे गए पार्क बहुत ही शानदार है जो मैं आपको पीछे वाले कैमरे से दिखाना चाहूँगा यहाँ का जो पार्क है और गई से पे मार्क्स लगाना जरूरी है तभी यहाँ पे अंदर आप आ सकते हैं तो चलिए अभी पीछे के कैमरे से आपको दिखाते हैं हम कि यहाँ का जो पार्क है छोटा सा पार्क है और गेट नंबर एक में है ये पार्क अभी गेट नंबर दो और तीन बचे हुए हैं तो अभी वो भी दिखाएंगे लेकिन पहले इसको दिखा लेते हैं उसके बाद यहाँ से चलते हैं गेट नंबर दो में तो चलिए यहाँ पीछे वाले कैमरे से दिखाते हैं आपको और मंजीत भाई यहाँ पे फ़ोटो खींचने में लगा हुआ है अभी हम लोग पूरा का पूरा आप लोगों को दिखा के एक्सप्लोर करके जो भी हमें मालूम है सब आपको बताऊंगा और जो भी जहाँ तक हो सके कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरीके से बताऊं और यहाँ पे जो है बुद्ध भगवान की समाधि है यहाँ बुद्ध भगवान की समाधि है वहीं पर ये खुशीनगर ज़िला है और बहुत ही फेमस है देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखिए लुक और गाइस से वहां पे देखिए कितना शानदार बना हुआ है घर और यहाँ पे लगा हुआ है ताला अंदर जाना मना है बाहर से आपको लुक दिखा देते हैं यहाँ पे अंदर जाना मना है और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा कि की हम लोग पूछे की अंदर जाए या ना जाए यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा और वहा अंदर गाइस ब्रिज है ब्रिज है वो जो आप देख रहे हैं सामने जो अंदर ब्रिज है तो यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री मना है यहाँ पे बंद है शायद कभी खुलता हो लेकिन आज नहीं खुला है और यहाँ पे आस में कोई दिखाई नहीं दे रहा तो गाई ये वाला जो गेट है अभी बंद है तो गेट नंबर एक सारा कुछ आपको दिखा चुके हैं अभी चलते हैं गेट नंबर दो में और थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींचना उसके बाद चलते हैं गेट नंबर दो में तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए और गाइस यहां पे देखिए कुछ फ्रेंड मिले हुए हैं लोग और इन्होंने सपोर्ट किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और मैंने इन, अपना चैनल इनको सब्सक्राइब कर दिया और भैया लोग बहुत ही अच्छे से सपोर्ट वपोर्ट किए हैं तो चलिए अब चलते हैं गेट नंबर दो में और आपको पूरा का पूरा ब्लॉग दिखाते हैं तो अभी गाइस हम लोग चल रहे हैं दूसरी गेट की तरफ और यहाँ पे जो गेट नंबर एक है पूरा का पूरा घूम लिए हैं अब जा रहे हैं गेट नंबर दो में उसके बाद जाना है यहाँ पे नौका बिहार जो कुशीनगर नौका बिहार बना हुआ है नए नए में तो वहाँ पर भी जाना है तो चलिए अब मिलते हैं आपसे गेट नंबर दो में तो गाइस सभी हम लोग आ चुके हैं गेट नंबर दो में और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखाने को वहाँ पे तो कम था लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है तो चलिए आप दिखाते हैं और गाइस से यहाँ पर मेला लगा हुआ है भीड़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे कम था क्योंकि वहाँ पे बहुत से कम लोग जाते हैं और पीछे यहाँ पर देखिए झूला वाला है और चलिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं देखने को तो अभी आपको दिखाते हैं और गाइस यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो गोल्डन कलर का यहाँ पे चलिए अंदर से आपको पूरा दिखाते हैं और शाम होने वाली है इसलिए ब्लॉग को जल्दी जल्दी बनाते हैं अभी क्योंकि नौका बिहार जाना है यहाँ पे गाइस अभी हम नौका बिहार नहीं गए हुए हैं तो अभी नौका बिहार जाना है और यहाँ पर गेट पर देख देखते भीड़ लगा हुआ है बहुत ज़्यादा ही तो चलिए अंदर आपको दिखाते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो ये मंदिर है अरे गाइस ये एक चीज़ यहाँ पे नहीं है यहाँ पे मतलब कि नोटिस नहीं लिखा गया है कि इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है तो मैं ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं पाऊँगा जो भी मुझे मालूम है आपको बताऊँगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं भाई लोग फ्रंट गेट जो कुछ इस तरीके से गोल्डन कलर का है यहाँ पर देख सकते हैं और अंदर से बुद्ध भगवान की यहाँ पर मूर्ति है प्रतिमा है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बुद्ध भगवान की प्रतिमा है और यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं सारा का सारा मतलब कि यहाँ पे जो भी पेंटिंग है गाइस गोल्डन कलर का है यहाँ पे देख सकते हैं और गाइस हम लोग लगभग घर से निकले हुए थे 10 बजे और अभी टाइम हो रहा लगभग तीन बज रहा है तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे हो चुका है आए हुए और लगभग घर से मेरे 40 किलोमीटर दूर पड़ा था ये और अभी हम लोग आए थे तो यहाँ पे वो जो पहले गेट नंबर वन वाला दिखाया आपको कभी खुलता नहीं है तो आज खुला था तो सोचे आपको पहले वही दिखाएँ उसके बाद ये वाला और कुछ ऐसा ही है अभी धूप ज़्यादा है इसलिए कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है जितना दिखाई दे रहा है मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक गेट है और यहाँ भी उसी तरीके से जो बुध भगवान की प्रतिमा वहाँ पे थी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी है और यहाँ पे जो साइड साइड में है यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से मूर्ति बनाई गई है और यहाँ पर एक और प्रतिमा है जो बुद्ध भगवान की है और पता नहीं क्या लिखा हुआ है इस पर जो बौद्ध धर्म लैंग्वेज में लिखा हुआ है लिखा हुआ है संडे यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ का सारा हो गया अब चलिए आपको हम यहाँ का जो गेट नंबर दो का है पार्क और जो बुद्ध भगवान की जो प्रतिमा है और सब कुछ वहाँ पे चल के दिखाते हैं गाय से यहाँ पर आप आते हैं तो आधार कार्ड जरूर लेकर आइए क्योंकि गेट पे यहाँ पे एंट्री जो होती है तो आधार कार्ड नंबर और नाम पता यहाँ पे लगता है तो आधार कार्ड ज़रूर ले आइए अभी पीछे का यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा एकदम नेचुरल सा दिखाई दे रहा है मस्त सा एकदम और पीछे वहाँ पे घंटा दिखाई दे रहा है लोग बजा रहे हैं उस घंटे को हम लोग तो बजाए नहीं हैं इधर चले आए हैं और गाइस एक प्रॉब्लम है हमारी मोबाइल की बैटरी अभी लो हो रही है तो देखते हैं कब तक चलता है और पीछे का लुक देखिए यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आई हुई है फाइनली हम सोच रहे थे कि यहाँ पर गाइस छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त जैसे सेलिब्रेशन वाले जो डेट होते हैं उसी डेट को यहाँ पर ज़्यादातर भीड़ लगता है लेकिन गाइस में गलत था यहाँ पे रोज़ाना यहाँ पे भीड़ देखने को आपको मिल जाएगी तो अभी चलिए अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं और मनजीत भाई यहाँ पे देखिए सिर्फ फ़ोटो खींचने में लगा हुआ है वहाँ पर देखिए फ़ोटो खींचने में लगा हुआ है और गाइस से यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है और वहाँ पे देखिए ये जो है बुद्ध भगवान की यहाँ पे प्रतिमा है वही जगह है वहाँ पे शायद वीडियो बनाना मना होता है देखते हैं वीडियो बनाते बनाने देते हैं या नहीं अगर वीडियो बनाने देंगे तो आपको दिखाएंगे अगर नहीं बनाने देंगे तो कोई बात नहीं और यहाँ पे देखिए कुछ चाइनीज़ में लिखा गया है और यहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिखा गया है और कुछ इस तरीके से इसका लुक है तो चलिए अंदर से देखते हैं वीडियो बनाना मना है या बनाने देते हैं वैसे मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पे वीडियो बनाना मना था तो चलिए चलते देखते हैं वहा निकालो वाने। अभी जूता निकाल देते हैं जी यहाँ पे वीडियो अंदर वीडियो बनाना मना है अभी जितना मैं आपको बाहर से दिखा पाया हूँ दिखा दिया हूँ अभी अंदर चलते हैं देखते हैं हम लोग और यहाँ पे देखिए बाहर का कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो पूरा लोकेसन है बहुत ही शानदार और तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो चलिए अभी अंदर हम चलते हैं तो गाइस से यहाँ पर कैमरा बना कैमरा मना है अंदर और यहाँ पे बुद्ध भगवान की जो प्रतिमा है बहुत बढ़िया गाय से अंदर कैमरा अगर अलाउड होता तो आपको दिखाते थोड़ा सा मैं आपको दिखा दिया हूँ वीडियो में और यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे व्यू है और यहाँ पे जो है जो है गाई से यहाँ गेट नहीं है ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसमें कोई भी गेट नहीं है पता नहीं गेट क्यों है अभी किसी से पूछते हैं तो बताते हैं आपको कि इसमें गेट क्यों नहीं है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ आप घूम सकते हैं पीछे वाले कैमरे से दिखाते हैं आपको और वहाँ पे देखिए टूरिस्ट लोग हैं आ रहे हैं किसी स्कूल के बच्चे हैं एक ही साथ यहाँ पर टूरिस्ट मतलब बन के आए हुए हैं यहाँ पर देखने के लिए अक्सर यहाँ पर इस तरह से लोग आते रहते और गाइस से यहाँ पर रात को बहुत ज़्यादा लाइटिंग लगा हुआ है कलरफुल तो नहीं है लेकिन यहाँ पे लाइट लगा हुआ है देख सकते हैं अभी रात के टाइम तो यहाँ पे हम कभी इसको देखे नहीं हैं तो बता नहीं सकते कैसा दिखता है यहाँ पे देखिए टूरिस्ट लोग हैं और चलिए अभी आपको अंदर से पार्क दिखाते हैं और उधर देखिए उस साइड ईट का बना हुआ है बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम लोग ये जो है पूरा घूम चुके और अभी चल रहे हैं पार्क में देखते हैं वहाँ पे क्या देखने को मिलता है वैसे यहाँ पे काफी ज्यादा शांति है और काफी मज़ा भी आ रहा है और यहाँ पे देखिए हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ लग रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सारे ईंच से बनाए गए हैं यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा इसे यहाँ पे जो पार्क है यहाँ पे आके आप बैठ सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और पीछे अभी चलिए देखते हैं कुछ दिखाने वाला है तो आपको दिखाते हैं और फाइनली यहाँ पे गाइस अभी जो भी मैंने आपको दिखाया था फाइनली यहाँ पे बहुत से अभी गेट बंद है और वहाँ पे एंट्री मना है नहीं तो यहाँ पे आपको दो दिन भी कम पड़ जाए और गाइस यहाँ पे आप आते हैं अगर खुशी नहन में आपको होटल भी मिल जाएगा और आप बस से आते हैं तो भी आ सकते हैं अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो भी आ सकते हैं यहाँ पर नज़दीकी एयरपोर्ट यहाँ पर कसिया में अभी हाल ही में मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है और गाइस ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको कोई टिकट चार्ज नहीं करना पड़ेगा जो भी आप घूमेंगे जहाँ भी सारा का सारा फ्री होगा यहाँ पे आपको एन टिकट कुछ भी नहीं लेना पड़ता है और ये गाइस सबसे अच्छा मुझे लगा क्योंकि बहुत से जगह पर हम देखते हैं इससे बहुत सी छोटी होती है इससे अच्छा नहीं होता फिर भी वहाँ पे एंट्री फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ पे गाइस आप जहाँ भी घूमिए आपको एक पैसा एंट्री फ़ीस नहीं देना है अभी यहाँ पे हम लोग अभी कुछ ही थोड़ा सा आपको दिखाने वाला जो पार्क बचा हुआ घूमने के लिए और उसके बाद चलेंगे यहाँ पे जो नौका बिहार का खुशीनगर नौका बिहार यहाँ पर ओपन हुआ है यहाँ पर बोट से आप घूम सकते हैं वहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं तो वहाँ पर हम लोग चलने वाले यहाँ से लगभग दो किलोमीटर दूर होगा तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं हम लोग तो यहाँ सारा का सारा व्यू देख सकते हैं अब गाइस यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है सारा का सारा पार्क है और आगे भी वहाँ पर और यहाँ पे देखिए मन जीत यहाँ पर <laughs> वो गाइस ब्लॉगिंग करके ब्लॉगिंग करके गाइस टिकट वीडियो टिकटॉक वीडियो तो बैन हो गया गाइस ब्लॉगिंग करके इंस्टाग्राम पे डाल रहा छोटा छोटा क्लिप जो है बना के इंस्टाग्राम पे डाल रहा और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ मतलब यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा एकदम पूरा का पूरा पैसा वसूल हो गया तो चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर नौका बिहार में चलते यहाँ का नौका बिहार देखते हैं कैसा है अभी हाल ही में ओपन हुआ तो वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे नौका बिहार में लोकेसन या कुछ जो भी कुछ है आपके साथ शेयर करेंगे और गाइस यहाँ पे आप अगर घूमने आना चाहते हैं तो गोरखपुर से आ सकते हैं वहाँ से आपको ट्रेन यहाँ पे नहीं आती है तो आप गोरखपुर से टैक्सी करके आ सकते हैं और भी और अन्य किसी साइट हैं तो आप गूगल पे कुशीनगर मंदिर बुध मंदिर गूगल पे या मैप पर आप ट्रेस करके यहाँ पे आ सकते हैं और गाइस यकीन मानिए आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो गाइस इस यहाँ पर अब हम लोग चल रहे हैं नौका बिहार में क्योंकि ज़्यादा टाइम हो चुका है यहाँ पे और अभी हम लोग को घर भी जाना है आज ही तो अभी मोबाइल की बैटरी भी लो हो रही है तो चलिए जल्दी से चलते हैं नौका बिहार में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वहाँ पर लोकेसन है तो चलिए चलते हैं और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं घूमने के लिए तो चलिए चलते हैं नौका बिहार में आपसे मिलते हैं तो फाइनली गाइस आ चुके हैं हम लोग नौका बिहार यहाँ पे देखिए लोकेसन यहाँ मंदिर से दो किलोमीटर दूर है और मस्त व्यू है यहाँ पे दिखाई दे रहा है एकदम और मैं मास्क लगा लेता हूँ पहले तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे पार्किंग वर्किंग है और अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे यहाँ पे मस्त व्यू दिया गया है बनाया गया है इसको कि देखने में सुंदर लगे यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ और यहाँ पे एक मंदिर भी है यहाँ पीछे काली माँ का मंदिर है और यहाँ पे गाइस बच्चों वाला पार्क वहाँ पे देख सकते हैं पीछे जो है बच्चों वाला पार्क है और यहाँ पे मंजीत यहाँ पे अभी सोच रहा है कि कहाँ पे फोटो खींचा जाए और गाइस यहीं पे चलता है बोट लेकिन अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे देख सकते हैं यहीं पे बोट चलता है लेकिन इस टाइम यहाँ पे बोट नहीं दिखाई दे रहा है और दे रहा है। एक भैया बोल रहे हैं हम भी दिखाई दे रहे है।, है और यहाँ पे देखिए हमारे कुछ भाई लोग यहाँ पे मिले हुए हैं और बहुत ही अच्छा सपोर्ट किए हैं बोल रहे हैं कि मेहनत करो सक्सेस जरूर हो गो अभी तो अभी चैनल को। भाई लोग बोल रहे हैं कि अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और गाइस यहां पे नौका भी हार आके बहुत अच्छा लगा यहां पे अभी चलिए अंदर का सीन दिखाते हैं आपको तो गाइज फाइनली वो सब मिले हुए थे भाई लोग बहुत अच्छे लोग थे और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे थे बोले भाई अपना चैनल का नाम बताओ हम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और जैसा कि मैं अभी शुरुआत किया हूं तो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे बोल रहे थे कि क्यों भाई और बनाते रहो और हमारा जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करके अपने अपने ग्रुप में सभी लोगों ने शेयर किया तो बहुत अच्छा लगा और यहाँ का एक पार्किंग यहाँ पर है देख सकते हैं भाई और कॉफी डेरिया और गाइज सबसे मस्त इंटरेस्टिंग जो चीज़ यहाँ पे है अभी और गाइज यहाँ पे जो पीछे है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है यहाँ पे लव कुशीनगर बहुत ही शानदार लग रहा है और गाइज यही मैं थंबनेल लगाने वाला हूँ वीडियो में फाइनली मैं इसी के लिए यहाँ पर आया हुआ था तो चलिए अभी फोटो यहाँ पर क्लिक करते हैं थमनेल के लिए उसके बाद निकलते हैं घर अभी मिलते हैं आपसे रास्ते में तो गाय ये जो पीछे दिखाई दे रहा है राम भार स्तूप है यहीं बुद्ध भगवान की जो शरीर की आखिरी जो अस्थियाँ बोला जाता है या कुछ भी हो यहीं पे मिला हुआ था और गाय ये बहुत बड़ा कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा आप देख सकते हैं पेड़ पेड़ अभी पेड़ के कितने ऊपर दिखाई दे रहा है और गाइस ये आपको आएंगे वहाँ मंदिर से बुद्ध भगवान के मंदिर से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे स्थित है रामभार भार स्तूप और यहीं पे नौका बिहार यहाँ पे बनाया गया है जो बहुत ही शानदार यहाँ पे लोकेशन है बच्चों के लिए चिल्ड्रेन पार्क पार्क है बोटिंग के लिए जो भी हर एक सुविधा पार्क बनाई गई है बड़ों के लिए तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ और गाई से यहाँ पर जो कुशीनगर का मैंने जो भी बुद्ध मंदिर का जो भी इन्फॉर्मेशन था या मुझे जो भी मालूम था या मैंने जितना भी कोशिश किया सभी आपको दिखा चुका हूँ तो आई होप अब वीडियो को ख़त्म करते क्योंकि शाम हो गया है सूरज डूबने वाला है और हम लोग जाने वाले हैं घर और यहाँ से घर लगभग पचास किलोमीटर दूर होगा तो अभी जाने में हम लोगों को टाइम लगेगा तो इसी हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से घर निकला जाए क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है तो इसीलिए अब वीडियो को करते हैं ख़त्म और गाइस अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगली ब्लॉग में इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग को ले और गाइस अगर आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो आधार कार्ड ले ही आइएगा क्योंकि बिना आधार कार्ड के आप यहाँ पर नहीं आ सकते लेकिन नहीं भी है तो मोबाइल में फ़ोटो खींच के लेते आइएगा तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम